महाभारती को वंदन आप सभी दर्शकों को अभिनंदन करते हुए मैं ज्योतिर्विदाशीष पांडे आज कन्या राशि के जातकों का कैरियर राशिफल 2020 अपने इस चैनल पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ दर्शकों कैरियर के मामले में कन्या राशि के जातकों के लिए 2020 कैसा रहेगा मुख्यतः आज हमारी चर्चा का विषय ये रहेगा साथ ही साथ आप अपने कैरियर पर चार चांद कैसे लगा सकते हैं अपने कैरियर को कैसे बूम कर सकते हैं ग्रो कर सकते हैं दिव्यतम से दिव्यतम उपाय जो होंगे वो आज हम अपने जो है इस प्रोग्राम में बताएंगे तो आप लोगों से उम्मीद है और अपील भी है कि इस वीडियो को स्किप मत करिएगा अन्यथा आज कोई भी टॉपिक छूट जाएगा तो आपको ही क्षति पहुंचेगी तो दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कन्या राशि के जात वार्षिक राशिफल दो हमारे चैनल पर पड़ चुका है आप लोग जा के देख सकते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार भी राशिफल पड़ चुका है आप लोग जा के देख सकते हैं मूलांक पर आधारित भागीरथ श्रृंखला जो भी लोग हम सक्सेस होकर के हमसे जुड़ते जाते हैं उनसे रिलेटेड भी ये श्रृंखला चल रही है और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं इसके अलावा जो भी प्रिडिक्शन होती भविष्यवाणी होती हमारे चैनल पर लगभग 99.99% की रन रेट के इधर से बैटिंग कर रहे हैं तो भविष्यवाड़ियाँ भी आप जा करके देख सकते हैं ग्रहों का गोचर व राशि परिवर्तन जैसे जुपिटर का जो है गोचर हो चुका है शनि का होने वाला है 24 जनवरी को तो इनसे रिलेटेड भी ये सभी चीज़ें हमारे चैनल पर पड़ चुकी है तो चलिए दर्शकों अधिक समय न लेते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो कन्या राशि के जातकों कैरियर राशिफल 2020 के अनुसार ये जो साल रहेगा ये जो वर्ष रहेगा ये आपको उन्नति कारक रहने वाला वर्ष रहेगा नौकरी पेशा जातकों के लिए पदोन्नति के योग इस साल बनेंगे ही बनेंगे यदि आप अभी तक प्रमोशंस के लिए बहुत दौड़ रहे थे इधर उधर चक्कर लगा रहे थे आपकी फाइलें कहीं पर अटकी हुई थी तो इस साल मूव करेंगी और आपको प्रमोशन मिलेगा जो हमारे व्यवसायी जातक हैं उनके व्यापार के लिए नए अवसर उभर करके उनके जो है मार्ग में आएंगे उनके सामने आएंगे नई योजनाओं पर कन्या राशि के जातक इस वर्ष काम करेंगे और कोई नई प्लानिंग इम्प्लीमेंट करेंगे जो जातक अपना स्वयं का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और कन्या राशि के हैं तो स्टार्टअप के लिए काफी अच्छा ये साल रहेगा और बहुत ही प्रबल लाभ जो है होने की उम्मीद है हाँ एक आपको सलाह देना जरूर चाहते हैं कि पार्टनरशिप में कोई भी काम शुरू करने से आपको इस वर्ष बचकर रहने की हम सलाह दे रहे हैं वर्ष की शुरुआत भले ही आपके लिए थोड़ी सी धीमी रहे लेकिन वर्ष जो है मतलब वर्ष के अंत तक आपको सफलता मिलने के पूरे योग हैं कन्या राशि के जातकों एक बात हम आप लोगों को और बताना चाहते हैं इस वर्ष आप किसी को यदि कोई पैसा देते हैं Uh, किसी को उधार देते हैं तो प्लीज आप लोग ये काम करिएगा कि लिखा पढ़ी में दीजिएगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ही दीजिएगा अन्यथा आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा अगर कैश देंगे और डूबता हुआ दिखाई पड़ रहा है ये वर्ष आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति तथा तरक्की के नए मार्ग खोलेगा कन्या राशि वालों का करियर दो में चमकेगा ग्रो होगा बिल्कुल जैसे स्टार चमकते हैं इस वर्ष नौकरी में आपका स्थानांतरण आपके मनपसंद जगह हो सकता है कन्या राशि के के ऑफिस ऑफिस में आपको सीनियर्स सहयोग से से आप लोग सफलता की की सीढ़ी-दर सीढ़ी लेकिन अथवा पर अपने विरोधियों बचकर रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं क्योंकि वे आपकी छवि को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं वर्ष की शुरुआत में आपके राशि के स्वामी बुद्ध आपकी राशि से चौथे स्थान में गुरु केतु सूर्य और शनि के साथ देखिए दर्शकों विराजमान है सूर्य और बुद्ध की युति आप लोग जानते होंगे बुधादित्य योग जो कि जो है एक राजयोग होता है बन रहा है जो कि आपको कर्म का धनी बनाएगा तो कन्या राशि के जातको कुंडली आपकी कह रही है कि आपका भाग्य भी इस वर्ष बुलंद रहेगा आपके कर्म में आपके कार्य में आपके भाग्य के साथ आपको मिलेगा इस वर्ष आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतनी ही ज्यादा किस्मत आपके साथ तेजी से आगे बढ़ेगी कैरियर में सफलता के नए आयाम कन्या राशि के जातक स्थापित कर सकते हैं तो कन्या राशि के जात और क्या आप लोग सुनना चाहते हैं मतलब कि अच्छे दिन आप लोगों के लिए शुरू हो चुके हैं दुनिया को कदमों में झुकाने का समय अब कन्या राशि के जातक आ गया है 2020 की बात करें कैरियर की तो जो बुद्ध है कर्म भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं तो वर्ष के आरंभ में बुद्ध व बृहस्पति के साथ इस वर्ष कैरियर में आपके लिए अपार सफलताएं दिलाने के योग बना रहे कोई रिजल्ट यदि आपने एग्जाम दिया होगा पेंडिंग है तो आपके फेवर में आएगा कोई इंटरव्यू दे करके आए हैं वो आपके फेवर में आएगा नई नई योजनाएं जो आपके जहन में जन्म लेगी बुद्ध व गुरु के साथ ही सूर्य भी हैं जो कि आपके आत्मबल को भी देखिए दर्शकों यहाँ पर मजबूती दे रहे हैं वही भाग्य के स्वामी जो विनाश है शुक्र है ये आपके भाग्य को मजबूत कर रहे हैं हालांकि राहु का कर्म क्षेत्र में होना थोड़ा सा जो है काम के मामले में अर्चने लेकर के आ सकता है लेकिन ओवरऑल बुद्ध और शुक्र ये संभाल लेंगे क्योंकि राहु को यदि कोई सीधा करता है तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य है Uh, कार्यक्षेत्र में कुल मिलाकर के उन्नति के योग है पराक्रम के स्वामी जो मंगल रहेंगे पराक्रम के घर में विद्यमान रहेंगे पराक्रम में वृद्धि के योग बन रहे हैं आपके जो छोटे भाई बहनों हैं जो छोटे भाई बहन हैं इनका आपको प्यार मिलेगा इनका आपको साथ मिलेगा आप कोई काम कहेंगे तो आपके कहने में चलेंगे वहीं चौबीस जनवरी को शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है जिसके पश्चात आपको काफ़ी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे क्योंकि इस समय आप शनि की ढैया से भी देखिए दर्शकों मुक्त हो जाएंगे विद्यार्थियों के लिए पंचम स्थान के मनपसंद कोर्स में में प्रवेश दिला सकते हैं। सकते हैं, हैं, फॉरेन जा किसी बड़े पद में आप दाखिला ले सकते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट में दाखिला ले सकते हैं साथ ही नौकरीशुदा जातकों के लिए कार्यस्थल पर मान सम्मान बढ़ने की जरूरत रहेगी आपको उच्च अधिकारियों के द्वारा पारितोषक प्राप्त होगा जो लोग एजुकेशन कानून रिसर्च आदि के क्षेत्रों में विशेष रूप से जो है आ, अपना जो है इंटरेस्ट रखते हैं इनको लाभ मिलने की उम्मीद है मार्च में पंचम भाव में शनि व गुरु की युति आपके लिए नीच नीचभंग राजयोग बना रही है जो कि काफ़ी सफलतादायक मानी जाएगी कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं मकर में नीच के होते हैं और शनि के साथ जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो शनि स्वाग्रही रहेंगे तो नीचभंग राजयोग भी यहाँ बनाएंगे लेकिन मई से लेकर के जुलाई तक आपको थोड़ा सा अलर्ट मोड पर रहना पड़ेगा साइलेंट मोड पर रहना पड़ेगा अपनी वाड़ी पर आपको संयम रखना होगा इस दौरान शनि व गुरु के वक्री रहने से थोड़ी सी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है सितंबर में आपकी गाड़ी सही से पटरी पर फिर से ट्रैक पर आती हुई दिखाई पड़ेगी गुरु व शनि जहाँ वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो वहीं राहू भी आपके कर्म भाव से निकल करके और भाग्य स्थान में आ जाएंगे आपकी मेहनत जो रहेगी जो भी आपने साल के वर्ष में मेहनत की होगी इस समय अब रंग लाएगी मतलब कि सारे आपने जो बीज बोए थे पौधा निकल आया और फल खाने का अब समय रहेगा नवंबर में एक बार फिर गुरु और शनि पंचम भाव में एक साथ होंगे जो आपके लिए एक सुखद वर्ष के अंत की कामना कर रहे हैं तो कुल मिला करके जो रहेगा कन्या राशि के जातकों का करियर राशि की बात करें 2020 के अनुसार यदि एक शब्द में आप हमसे पूछेंगे कि कैसा रहेगा तो साहब उपलब्धियों भरा रहेगा बस इन उपलब्धियों को आप संभालें और अति मत करिएगा अति सर्वत्व जाए तो दर्शकों ये तो था कन्या राशि का वार्षिक राशिफल करियर राशिफल अब उपाय की ओर आगे बढ़ते हैं कि ऐसे कौन से दिव्य उपाय हैं जिनको आप करके अपने करियर में ग्रो कर सकते हैं चार चांद लगा सकते हैं लेकिन दर्शकों एक बात आपको बताएं, उपाय पर आते हैं तो तमाम लोग ज्योतिष को लेकर के बहुत भ्रांतियां पाल लेते हैं कि अरे जब हमारे भाग में आपने इतना बता ही दिया तो ये चीज़ होगी तो होगी क्या ज़रूरत है उपाय करने की तो दर्शकों ये बताइए जब आपके बॉडी में आपके शरीर में कोई बीमारी आ जाती है कोई व्याधि आ जाती है या आपकी आई साइड वीक होती है तो आप क्यों आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं डेंटिस्ट के पास क्यों जाते हैं आ, उसके बाद डॉक्टर के पास आप क्यों जाते हैं उस चीज़ के स्पेशलिस्ट के पास क्यों जाते हैं क्योंकि आपकी जो पीड़ा है आपकी जो परेशानी है आपको तो वहां कहना चाहिए कि नहीं साहब अपने आप सही हो जाएगा हम क्यों डॉक्टर के पास जाएं तो भाई न्याय का पैरामीटर दो नहीं हो सकता है तो जिस प्रकार आपके शरीर में व्याधि आती है डॉक्टर दूर करते हैं इसी तरीके से जब आपके भाग्य में व्याधि आती है भाग्य में रुकावट आती है तो इसको एक ज्योतिषी ही ठीक कर सकता है मानते हैं कि ज्योतिषी यहाँ पर गलत है ज्योतिष विद्या सही है ज्योतिषी गलत हैं और 90 से 95 परसेंट ज्योतिषी गलत हैं, 5 परसेंट ज्योतिषी 10 परसेंट ज्योतिषी आपको ऐसे मिलेंगे जो वास्तव में जानकार हैं दूसरा जिनका जो है मानव सभ्यता से बड़ा नाता रहता है जो प्रोफेशनल उतने ज्यादा नहीं हैं तो ऐसे लोगों को आपको पहचानना रहेगा अब तो इस क्षेत्र में इतनी गंदगी हो गई है कि लोग आपसे पूजा पाठ के नाम पर ही कोई वर्चुअल पूजा करा रहा है कोई क्या करा रहा है कोई हजार किलोमीटर दूर बैठ के आपके ग्रह शांत कर रहे हैं वो अपने ग्रह तो शांत नहीं कर पा रहे हैं आपके क्या शांत करेंगे तो ऐसे नक्कालों से ऐसे मक्कारों से आपको सावधान रहने की यहाँ पर हम सलाह दे रहे हैं भाई पैसा आपका है मर्जी हो आप जाइए लुटाइए लेकिन अगर उस पैसे का सदुपयोग आप सही जगह करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है आत्म संतुष्टि मिलेगी उपाय नोट कर लीजिए उपाय के तौर पर सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा कन्या राशि के जात को देखिए बुधवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए हफ्ते में एक ही दिन पढ़िए थोड़ा सा लेंथी पाठ है बड़ा पाठ है लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम यदि आप सप्ताह में एक दिन पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में कोई बाधा आएगी ही नहीं दूसरा दर्शकों यदि आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि तेज हो आप चाहते हैं कि जो है आप ऊंचे संस्थानों में जा रहे हैं दाखिला लेने और आपको अच्छे नंबर मिले तो एक रामचरित मानस की चौपाई है इसको कोशिश कीजिए कि 51 टाइम्स या 108 108 बार आप लोग कर सकते हैं ये चौपाई है गुरु गृह गए पठन रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई यदि आप इसको 108 बार करते हैं तो बिल्कुल दर्शकों आपका दिमाग इतना तीछड़ हो जाएगा सोचने समझने की शक्ति आपकी बहुत ज्यादा विकसित होगी तीसरा दर्शकों बताना चाहेंगे कि आपको अपने जो है मतलब जो है जन्म कुंडली ये तो कन्या राशि की लाखों करोड़ों लोगों की जो है राशिफल होता है और आपकी कुंडली में वास्तव में जीवन में क्या चल रहा है ये तो कुंडली देखने के बाद आपकी रिपोर्ट आपका चार्ट देखने के बाद पता चलेगा तो जेम स्टोन की भी हम सलाह देते हैं यदि आप नीलम पन्ना या हीरा जो भी पहनना चाहते हैं आप अपनी कुंडली दिखा करके पहन सकते हैं आपकी कुंडली में कर्म भाव के स्वामी किस अवस्था में हैं सब डिविजनल जो है चार्ट जैसे डी नाइन चार्ट हो गया नवमांश कुंडली क्या बोल रही है आपकी डी टेन चार्ट में ग्रहों की स्थिति क्या है उसके बाद जो है कारकांश कुंडली आपकी क्या कह रही है महादशा क्या चल रही है अंतरदशा कौन सी ग्रहों की चल रही है योगनी दशा क्या चल रही है जो ये गोचर हो रहे हैं शनि के चाहे जूपीटर के चाहे राहू के चाहे केतु के इनका फल आपको कैसे मिलेगा ऐसा नहीं कि जो है आपकी कुंडली में यदि जो है जूपीटर आ गए जो है हंस महापुरुष योग बना रहे हैं, तो अच्छा मेहनत कि तो होती, मतलब होती, होती है तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं एक अंतिम उपाय बता रहे हैं कि यदि बार बार आप थक चुके हैं नौकरी नहीं मिल रही है तो पीला नींबू ले लीजिएगा और बृहस्पतिवार वाले दिन आपको आफ्टर सनसेट मतलब सूर्य अस्त होने के बाद एक चौराहे पे जाना है और उसके चार टुकड़े कर लेने हैं अपने सर के ऊपर से सात बार एंटी क्लाकवाइज बामावर्त घुमाना है और चारों जो आपके जो है बाइट होंगे उसके पीसेस होंगे उसको आपको करना क्या रहेगा कि चारों दिशाओं में फेंक करके चुपचाप चले आइएगा और ये क्रिया आप लोग सात रविवार यदि कर लेते हैं तो निश्चित है कि आप खाली बैठेंगे ही नहीं कोई ना कोई आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी प्रातःकाल जब सुबह जल्दी उठते हैं तो दोनों हथेलियों के दर्शन करिए क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम कर मतलब होता है हथेली तो हथेलियों के दर्शन करिए हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है साथ ही साथ दर्शकों यदि आप अक्षम है कुंडली जो है मतलब फीस देने में तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए क्योंकि जब भी हम राशिफल बताते हैं तो लाइव आकर के तमाम कुंडलियों को हम फ्री में देखते हैं तो नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाइए आपको ही लाभ होगा साथ ही साथ दर्शकों आप लोग जा करके वार्षिक राशिफल जरूर देखिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं आपके शहरों में आते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं फ़ोन कर सकते हैं थोड़ा सा समय का आप लोग ध्यान रखिएगा कि सुबह दस बजे से ले करके शाम छः बजे तक ही है, आ, हमारे कार्यालय जो है खुला रहता है वहां पर आप फोन कर सकते हैं क्योंकि दर्शकों जो लोग भी खोले ना जो कमेंट करने जाए तो उनको लगे कि हाँ यहाँ राम नाम की एक धुन चल रही है तो आप लोग अपने हाथों को थोड़ा सा अंगूठों को कष्ट दीजिए और एक बार प्रभु का चिंतन करिए और जोर से बोलिए जय श्री राम नौ वर्ष की असीम शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं साथ ही साथ दर्शकों इस उम्मीद के साथ कि आपने जय श्री राम टाइप किया होगा दीजिए इजाजत तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम